<Front Chairman> ये वक्त वक्त की बात है ये वक्त वक्त की बात है कभी तू साथ था मेरे कभी तेरी याद साथ है ये वक्त वक्त की बात है आज मैं प्रायसा अजनबी सी हर मुलाकात है ये वक्त वक्त की बात है शब्दों का वादा बनाकर रखा था मैंने जैसे, जैसे शब्दों के भी जज्बात हैं ये वक्त वक्त की बात है कभी छुआ था बदन तेरा मेरी खुशबूरी खुशबू अब भी तेरे साथ है ये वक्त वक्त की बात है ये वक्त वक्त की बात है